फैक्ट नंबर टेन जब भी बचपन में छिपकली हमारे घर आती थी तो जब हम उसको भगाते थे तो अपनी पूंछ को छोड़ देती थी ऐसा करने के पीछे छिपकली की एक स्ट्रेटजी होती है हजारों सालों के एवोल्यूशन में छिपकली ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि जब भी कोई शिकारी जानवर उसके पीछे आता है तो अपनी पूछ छोड़ देती है और वो जो उसकी पूछ है वो आधे घंटे तक खेलते रहती है इससे होता यह है की शिकारी का पूरा ध्यान उस छोड़ी हुई पूंछ के ऊपर चले जाता है और जो छिपकली होती है उसको टाइम मिल जाता है भागने के लिए और लगभग तीन महीने के बाद छिपकली की पूंछ दोबारा ऐसी उग जाती है फैक्ट नंबर वन क्या आपने कभी कि जो लोग बचपन से ही अंधे होते हैं पैदा ही अंधे होते हैं उन्हें दिखता क्या होगा हम आम लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ काला दिखता होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है उनको न काला दिखता है न व्हाइट दिखता है ना कोई कलर दिखता है उनको कुछ भी नहीं दिखता अब इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस चीज को हम इंसान जिनके पास आंखे है वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे फैक्ट नंबर टू देखो हाथ मिलाने का कल्चर आजकल बहुत आम है लेकिन क्या लगता है की शुरुआत कैसे हुई होगी इसकी शुरुआत हुई थी आज से हजारों साल पहले एशियन क्रीस में तब के टाइम में जब दो दुश्मन राजाओं को अवसर मिलना होता था तो दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे कि ये पेट होता है ना वो एक टाइम आरोप एक लीटर ऐसी ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकता इम्पोसिबल है लेकिन एक बंदा है डिक्सन ओपोंग नाम का इसके पास बहुत ही खतरनाक टैलेंट है टैलेंट ये है एक टाइम आरोप साढ़े चार लीटर पानी पी सकता है वो अलग बात है की पानी पीने बंदा ऐसा लगता है जिसे बाप बनने वाला है और फिर इसके बाद वो इस पानी को मूसी ऐसी है, है, लेकिन वॉर आरोप जाने के लिए जनता का सपोर्ट भी होना चाहिए और इसलिए जनता को गुस्सा दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए हुआ किस्सा थर्टी नाइन में जर्मनी के पोलैंड के सोल्जर्स की ड्रेस पहनी और अटैक कर दिया अपने ही देश के नागरिकों आरोप और फिर इस हादसे के बाद जर्मनी की जनता को बहुत गुस्सा आया सरकार भी यही जाती थी फिर जनता का सपोर्ट मिल गया वॉर के लिए और फिर इसके बाद जर्मनी ने चढ़ाई कर दी पोलैंड के ऊपर ऐसा केवल जर्मनी की सरकार नहीं करती दुनिया की बहुत सारी सरकारें करती हैं, और ऐसा नहीं कि होता था ये आजकल भी होता है नंबर यूएसए में कुत्तों को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग कानून है की अगर आपके पालतू तो कुत्ते की किडनी खराब हो जाए और अगर आप किसी आवारा कुत्ते की किडनी लेना चाहते हो तो वो किडनी लेने के बाद आपको उस कुत्ते को भी अडोप्ट करना पड़ेगा इसके बाद आपके पास हो जाएंगे दो कुत्ते ऐसा नहीं कर सकते की आवारा कुत्ते की किडनी ले ली फिर बोल दिया भग जाए ऐसे ऐसा नहीं होता है नंबर सिक्स आपके सामने ये दो फोटोज हैं एक तरफ है लाइट का टावर और दूसरी तरफ है पत्तियाँ क्या दोनों के स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े सेम लग रहे हैं इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है देखो जब लाइट का आविष्कार हुआ था और लाइट सबके घरों तक धीरे धीरे पहुंच रही थी तो उस समय प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ये थी कि लाइट को एक जगह ऐसी दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए कैसा तरीका यूज किया जाए अगर केवल एक तार होती तो वो कभी टूट सकती है जिसकी वजह ऐसी लाइट जा सकती है फिर इसके बाद रॉकेफेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपने आस देखना शुरू किया किसी सोल्यूशन के लिए फिर उनके नजर गयी नेचर के पास और उन्होंने देखा पत्तियों को पत्तियों का जो डिजाइन होता है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार होता है फिर प्रोफेसर ने इन पत्तियों से सीखा और फिर ऐसे बड़े बड़े टावर्स बनाए गए जो पत्तियों की तरह दिखते हैं कभी तो ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके दोस्त ने शराब पी ली हो और फिर उसने माहौल खराब कर दिया हो तो ये जानने के लिए की शराबी शराब पीने के बाद कैसे बिहेव करता है रिसर्चर्स ने एक स्टडी की और उसके बाद पता चला की चार तरह की शराबी होते हैं पहले तरीके की शराबी वो होते हैं जो शराब पीने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता दूसरे तरीके की शराबी वो होते हैं जो शराब पीने के बाद बहुत ही ज्यादा प्यार से बातें करने लगते हैं जो अपने दोस्तों से बोलने लगते हैं कि तू मेरा भाई है यार तीसरे तरीके की शराबी वो होते हैं जो शराब पीने के बाद ऐसे उल्टे सीधे काम करने लगते हैं अटेंशन ग्रैप करने के लिए वो ये दिखाना चाहते तरफ देखे और इसके लिए वो अतरंगी चीज करने लगते हैं जैसे रणवीर सिंह करता है चौथी शराबी सबसे खतरनाक होते हैं और शराब पीने के बाद बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा वॉयेंट हो जाते हैं हाथ पाई उतर आता है फैक्ट नंबर एट जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो घंटे में हैं इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है ऐसा नहीं की फालतु में कर रहे हैं देखो हमारा जो दिमाग है ना वो हमेशा या तो पास्ट पछतावे में रहता है या फ्यूचर की चिंता में रहता है प्रेजेंट में बहुत कम रहता है लेकिन जैसे ही हम घंटी बजाते हैं हमारा दिमाग बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाता है और एक जगह ध्यान लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है और अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो हमारी बॉडी में सात चक्रास होते हैं और जो मंदिर की घंटी है वो सात सेकेंड के लिए बचती है तो ऐसा माना जाता है मंदिर की घंटी की वजह ऐसी हमारी बॉडी के चक्रास खुलने शुरू हो गए फैक्ट नंबर नाइन बात है यूके के हेमशायर की वहाँ पे एक दिन समुद्र के पास पुलिस को एक लाश मिली उस लाश को पहचान पाना बहुत मुश्किल था और उस लाश को लपेटे गया था एक पर्दे के अंदर जब उस पर्दे को फोरेंसिक लैब के लिए भेजा गया तो पता चला कि उस पर्दे के अंदर एक बिल्ली के आठ बाल लगे हुए हैं इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसके सामने बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे उनको बहुत सारे लोगों पर शक था उन्हीं सस्पेक्ट्स में से एक बंदा था डेविड हिल्टर और उस बंदे के पास एक बिल्ली थी जिसके बाद पुलिस की शक की सुइंग घूमी डेविड के ऊपर और फिर उसके बाद पुलिस ने उन बालों के डीएनए को डेविड की बिल्ली के डीएनए ऐसी टेस्ट किया और वो टेस्ट बिल्कुल हंड्रेड मैच हो गया इसका मतलब कातल कौन था डेविड